हेलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं की V25 स्मार्टफोन को तो चलिए शुरू करते हैं सो so गाइस ये फोन लॉन्च हुआ था 2022 अगस्त 17 तारीख को तो गाइस स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6.44 पॉइंट इंच का एमोलेट डिस्प्ले और इसके साथ ही साथ आपको मिलता है नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट सो गाइस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको मिलता है करीला क्लास 5 का प्रोटेक्शन और स्मार्टफोन के साइड में आपको मिलता है ड्यूल हाइब्रिड सिमस्लॉट सो गाइस स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर मिलता है मीडिया टीक टाइमेंसिटी और इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड ट्वेल्व सो गाय से स्मार्टफोन का आपको कैमरा मिलता है पहला है सिक्सटी फोर प्राइमरी कैमरा दूसरा है एक मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाइडलेंस तीसरा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और जायसे स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी और गाइस स्मार्टफोन में आपको बैटरी मिलता है 4500 थाउजेंड नॉन रिमूवल बैटरी और फोन के साथ में आपको मिलता है 44 फोर का फास्ट चार्जर और इसके साथ ही साथ आपको मिलता है साइड माउंटेन फिंगर प्रिंट सो राइस मानो की या फोन गेमिंग के लिए और कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए सबसे बेस्ट है तो देख क्या कर रही होल्डिंग डिस्क्रिप्शन मेन है टू बा